इस वक्त बहुत किया, बहुत बहुत इधर इधर, इधर किया, मस्ती आपको आपको हम हम हम दिखाएंगे, दिखाएंगे, तस्वीरें ओ माजी, माजी, ओ ओ बच बच गए गए, ये माहौल का का, का, का काफी चक्कर है इधर का माहौल का हम इस वक्त मैं बहुत डर गया वक्त में नॉगिंग करते हुए